सब लोग के सूट केस बैग सब खुले हुए हैं और सुबह का टाइम लगता है, है।, है।, लग है।, है।, है लगता है दस बज गया है नातों तो का सब रेडी है साढ़े ग्यारह हो रहा रहा है है हो लगता जाए पूरा बैग देखो सारा सामान है चार बंदे हैं चालीस लोग का सामान लेके जा रहे है यहाँ से भाजी क्या कहना चाहोगे जूम, कर... <laughs> जूम का तो केस खत्म हो गया उसको तो लपेटेंगे वो तो अलग बात है हो अब ग्यारह तो यहाँ है अभी भी निकलने में एक घंटा लगेगा बारह बजेंगे ग्यारह करने की जर्नी है यहाँ से 11 की। तो कितने <laughs> <laughs> चलो फिर निकलते हैं तो फिर मिलते हैं तो फाइनली डिस और हम यहाँ से शिमला से कितने जायेंगे नारकंडा नारकंडा नारकंडा नारकंडा तो तो चिटकुल चिटकुल चिटकुल उसके बाद जा जाएंगे तो सबको मजा ऐसा ऐसी तो होती है हाँ ये कैमरा भी हुआ ना तो ये वो प्रो नाइन महंगा शॉप है ठीक है तो अभी हम शिमला शिमला का मैं पूरा वीडियो डालूंगा तो कम कम से मिनट के अंदर उसके अंदर बाइक इंक्लूडेड होगा ड्रोन शॉट्स एक डेढ़ घंटे की तो हमने सारा सामान यहाँ पे पैक कर लिया अपना और रात को पहुंचे थे खाना नहीं खाया मैंने सुबह थक के और यहाँ पे हमने पच्चीस सौ का होटल लिया है चार बंदों का चार बंदों का दो होटल है दो एक ही रूम में तो दो बंदे इस बेड पर सो जाएंगे, और दो के लिए वो सीट, तो मस्त मजा आएंगे अभी बाहर जाएंगे, ड्रोन शॉट लेंगे, और बारिश हो रही थी सुबह जब हम उठे थे और अभी हो गया है अपना धूप एकदम और भाजी हाउस विदे क्या तो सामान रेडी है और ये सतरंगी चलो, नीचे मिलते हैं। मिलते हैं हैं हैं जब तक के लिए फिर बाइक पे तो फाइनली हम से कर रहे हैं। चेक इन कहता रात को और अभी मैं दिखाता जा भी बाइक की अब तक गर्दन पे तो ये है हमारा तीन सौ छ और नीचे होगा रात बच्चों ही मेरे, की, मेरे की, केले के अभी चार बंदे रोटो खा रहे हैं मजा आगा मशरूम मटर ठीक है भरवा लिया हमने अपनी गाड़ी में डीजल लिए भरवा रहे हैं पेट्रोल हमारा लगा सत्रह सौ के आसपास का डीजल सत्रह सौ लगा दिल्ली से लेके यहाँ तक का शिमला से आगे से सत्रह सौ का डीजल लगा अब हमने फिर टैंक फुल करा बीच में कराते हुए जाएंगे जो हमें जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से शायद काजा में ही पड़ेगी कैन रखने की इन लोगों के लिए ले लेंगे ले ले ले ले ले ले ले ले ले हमें पेट्रोल आप <laughs> हम रात को निकले थे शिमला पहुंचे हम कितने बजे के आसपास पहुंचे थे साढ़े नौ बजे के आसपास हम शिमला पहुंचे थे हमने होटल सर्च किया हम होटल तो मिला लेकिन हमें पार्किंग मिल रही थी तो फिर हमें दो को पसंद था अब दो को नहीं था, था। फिर हमें आगे ढूंढा हमारे पास सामान इतना था कि हम गाड़ी में छोड़ ही नहीं सकते थे गैजेट्स से सब कुछ था शिमला में आपको पार्किंग जो मिलेगी वो पेड पार्किंग मिलेगी दूर होटल से और वो होगा फिर हमने वापिस गए उसी होटल पे रुके तो वो होटल अच्छा निकला वहाँ फिर रुके फिर हमने रात को 2000 रुपए का हमें वो होटल मिला 500 रुपए का डिस्काउंट पाँच सौ रुपये का डिस्काउंट लिया दो चेक कर लगा के फिर हमने अपना डिनर मंगाया हमें पड़ा साढ़े आठ के आसपास का कुछ कैफे 103 से और फिर हमने सुबह टी मंगाई वहीं पे और फिर हम अब निकले हैं सामान सारा सेटल करके कल हमारा अनसेटल्ड था सारा सामान पूरा के पूरा कैनीज डीजल कैन ये, थे ये, सब कुछ था तो वो सब आगे ये, पड़ा ये, हुआ था सब, सब हमने फ्यूचर सेट कर दिया जो भी हमें सामान हैंडी चाहिए वो अब हमारी कार की बैक साइड सीट पे है और अब हम निकले हैं फाइनली फॉर चिटकुल टाइम हो रहा है अभी 11 बज गए हैं आज हम बहुत लेट हो गए हैं हम रात को ही पहुंचेंगे चिटकुल तो देखते हैं कि हम कहाँ पर जा सकते हैं क्या है अब कब तक पहुँचेंगे क्या करेंगे चिटकुल में तो वो आपको आगे चले पता चलेगा और बीच बीच में दिखाते हुए चलेंगे तो ये, चल ये, चल ये चल सारा है। है? अच्छा तो कुछ अब तो रेनकोट तो है नही रेनकोट जब देखो ऐसा है की हम चले थे पेट्रोल ला के बढ़िया और पड़ी बारिश दो बंदों को तो दो को तो लगे नहीं क्यों में में थे मैं और और ये बंदा अभी इतने बारिश हो रही हम हम खाना खाना वाना खा ले के लेके निकल जाएंगे तो हमने ऑर्डर बाजी राजमा राजमा राजमा राजमा नहीं करें करें करें हैं, राज्मा हैं। राज्मा और वो प्याजा करे कर तरीके हम आपको दिखाएंगे बदाली दोस्तों उधर से बना नहीं तो यार हमने भी खरीदे रेन कोट दो थे तीन हजार के डिस्काउंट में मिलेंगे पच्चीस सौ रूपए के इनके शॉप का नाम क्या है यूनिक, यूनिक चौर। यूनिक चौर। में ना। बारिश हो रही तेज वो निकल गए कार में हम रहेंगे पीछे तो ने खरीदे हैं चलो फाइनली इसमें है, अच्छा हैं 10 मिनट का काम था तो बारिश हो रही है गाड़ी में कैमरा सेटअप करना था तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है सामने का पूरा फॉग फॉग है ये देखिए नजारे नजारे और ये देखो हमारे पाजी नज़ारे लिए जा रहे हैगा के ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में पीछे तक तो सारा सामान पड़ा हुआ है, हम उसको रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगा दोनों दिखा दे दो बाइक से पिछड़ा रहे पानी में बिगते हुए हम उन्हीं की वेट कर रहे हैं, हमने बोला था गाड़ी से चलो बट नहीं बाइक पे पे बकचोदी करनी है है उनको एक इसकी केबल भी हाँ पे ऐसे का था कि वो ही है, इसको करके हाँ से थोड़ा बड़ा टेप लगा ले चाहेंगे तो यार यो यो, यो यो यो यो यो आई हाजीपे सब कुछ रोडिंग आज सारी यहीं चल रही है आप हमें सारा खाली खाली रूट मिलेगा चिटकुल तक आज तो रात ही चिटकुल पहुंचेंगे देखेंगे उसके बाद क्या करते चिटकुल में भी स्नोफ चल रही है स्नो चल रही वाँगे है वाँगे देख रहे हैं हमने खुद को तो जाके देखा नहीं अभी वैदर वैदर खेल रहे हैं हम तो हम देखेंगे की हम ग्यारह बारह बजे कब मेरे पास तो एक आगे है जिसमे मैं कम्बल डाल के सकता हूँ तो तो बाकी क्या करेंगे ये पता नहीं टेंट टेंट उसके बाद फिर ना हमें अच्छा खाने का क्या करना है झटक है वो है पड़ी हैं सब कुछ है खाने क्या करेंगे <laughs> <जो>, <laughs> मत देना खाना <laughs> जो, जो, जो, जो का पानी लेकर आये है <laughs> हेल्थ है। आ, वो भी है, है, पानी वो सब इंतज़ाम बस एक बार फोन जाएं। अब जाएंगे दोस्त भी, भी ताकि देखेगा तो मजा आ जाएगा। ये देखो देखो। देखो वो, वो, देखो। से ये पूरा जो आंखें कैप्चर कर रही हैं वो। देखो। हो गया? इन बाइक वालों के जूते हो गए गीले एकदम देखो की तरह हाँ। मैं कह रहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ एडवेंचर एडवेंचर खुद इट्स देख देखता मेरा अंदर पड़े गाड़ी में चलते लगाएंगे मजा आ जाएगा ये माने ही नहीं मानेकत होती है किसको हो रहे है रहे है। है? एक रहा है ना आ, आ, आ, है? अरे यार लेके लेके आएंगे ले आनी हाँ। पीछे भाई देंगे उसके इसको पे कर लेंगे बारिश तो नहीं तो बार गान हाथ लेक टोक हाथी चल रहे है? जो तो करने क्या कहा रुके अभी हम अभी हम कहेंगे हिंदी में अंग्रेजी भी बोलो मैं भोजन रुको यार, देखो हालत हालत। पहले से मच मत बैठ बस हगना भागी रह गया मेरा वो हो जाए आत्म तो यही रहो वही सीधा वही सीधा वहाँ पे जंगलों में हाँ तो भी तो तो भी इंसान इंसान रात को बारह बजे नहीं खोलेंगे ना कहाँ पहुँचे महाराज आए कहाँ पहुँचे बहुत लेट है अपनी एक, एक, एक, एक, एक, एक दिन पूरा लेट हो गया ऐसे नहीं कर बात ऐसी है की बहुत दूर से ड्राइव करके हम पहुँचे हैं आई लव रामपुर भैया अभी रामपुर में है से से आ रहे भाई दिल्ली <laughs> दिल्ली तो एक बात बताओ रामपुर में क्या खास है भाई अभी तो हमारा बोखाली ब्लॉकर उधर बैठा है और अभी हमें यहाँ से कहा जाना है यहाँ से चिटकुल जाएंगे चिटकुल सब को दो बजे पहुँचे दो सौ किलोमीटर तो होगा आराम से कितना है कितना है चिटकुल नहीं 120 क्या क्या तो अरे लोकल बंदा सही बताएगा गूगल 200 कुछ किलोमीटर है है चिटकुल नाम आपका बढ़िया चलो भाई फिर लक्की चौहान ने दस्ताया दो सो किलोमीटर है लेकिन गूगल मैप गलत बता सकता लोकल गलत भाई तो चुके हैं अभी एटी एट रह गया और भाई चाय पी के मस्त भोकाली ब्लॉक की तरफ कैमरा जाता हुआ अबे खाने देगा तू <laughs> तो तो बकाली मुंह नहीं जाता ना वो भी दिखा दिए ना <laughs> तो ये जो है मोमोस है बकाली ब्लॉक के नाम से मोमोल मुंह में रोल हाँ आ, तो बकाली ब्लॉक के मुंह में ये क्या पक्कतनी से <laughs> हाँ दिस इज <इस> गरीब बोलोगा ओपाजी <laughs> किडा खाने तो फ्रेश सेह सही है सब्जी सब्जी सब्जी सब्जी और और कुछ भी नहीं। दिल्ली वाले, दिल्ली वाले ना, ना, तो ना ना सब, है सब, सब, सब है तो, है है फिर फिर ठीक दिल्ली दिल्ली वाले वाले ज़्यादातर तो तो खाते हैं हैं मिलते ब्रेक ब्रेक नहीं नहीं नहीं के बाद लगेगा लगेगा ही गाड़ी में हमें जाना है ना। कहाँ रुके हैं अभी हम लोग जाएंगे और तो हो तो हो तो तो <laughs> गया जितना भी बारह बजे तुम्हें तो पता है मेरा अंगूठा थे कुछ भी ना हो रो होगा भाई क्या कहोगे इसके बारे में चलो मिलते हैं। आगी। आगी। रहा क्या कहना चाहोगे इस वर्ल्ड डेंजरस कीचड़ और, देजर्स और के बारे में जो बोलते हैं कीचड़ को और पत्थरों छोटे पत्थरों को वर्ल्ड डेंजरस रोड। काम चल रहा है काम। काम चल रहा है पत्थरों का ठीक है ना पत्थर सब कुछ गिरेंगे सब कुछ गिरेगा इधर भी देख लो और क्या बोलते हैं वर्ल्ड डेंजरस रोड लदचो तो जंग ये बलटे में नोट से सुसु तो मिट्टी कीचड़ में पूरा कीचड़ कीचड़ कर दी छीछा लेदर जो गाड़ी ओ, में कलवली है कल्बली और हम कल्वली है कल्वली बताता हूं म्यूजिक फिक्स कर दे आई थिंक हमें पता नहीं है कौन सी नदी है बट भाई साहब नज़ारे गजब और थोड़ी सी लाइट अप करते इसकी ना हाँ अभी लाइट देख तो मस्त नज़ारे हैं और हमारी धनों खड़ी और पीछे हमारा गरीब ब्लॉकर अरे गरीब ब्लॉकर और यहाँ पे काम चल रहा है पुल पे अब भी हम हैं चिटकुल की तरफ भाई भाई फंस गई है कार हमारी और बुलेट कार गई है हमारी फंस लक्का लग लगा रहे नहीं लग रही स्नो इतनी है कि हाथ काप रहे हैं और उसकी पूछ स्लिप हो रहा है दे इसी वो पत्थर उठेगा नहीं और बढ़िया ये आप है प्रो एडवें अब तो बैग रखिए लो ओ मत पानी पानी की बोतल ले ले ले तो पानी की बोतल बोतल दे दे दे दे तो ले लेना ले ले जगह ये तो एंजॉय का टाइम है एंजॉय हैं पत्थर का बाइक जलाना अंधेरा हो हो गया पूरा सिंगल डिम जाएगी उसकी और भाई बताओ बताओ कैसे ये फंस गई है दो नम्रें दो नम्रें। इतनी स्नो है इतनी स्नो है कि भाई साहब गाड़ी फंस गई मेरी बुलट ना चढ़ रही ऊपर बुलट भी स्लिप मार रही है अरे पत्थर आ नहीं मिलेंगे तू कहाँ जा रहा है तू हक नहीं गया था एक एक फस चुकी, चुकी है हमको पता नहीं था इतनी स्नो मिलेगी बर्फ मिलेगी तो रात के कोई तीन बज रहे हैं और हमारे लोडे लग चुके हैं करने वाले आस पास कुछ भी नहीं है सितारों के अलावा सिर्फ जंगल और हम अ देखते हैं क्या करते हैं आगे बढ़ ल ये देखो। देखो। आगे आगे, आगे।, आगे।, आगे उधर जाओ देखो क्या टाइम हो रहे दो चालीस हो रहे पहले फसी बुलट फिर ये ले के आये की धक्का मारिया गाड़ी को और भाई सो नहीं यार टायर नहीं ये दो टायर दिखाओ टायर देखो क्या क्या वीडियो डे तू फिर तो फाइनली तो तो तो <laughs> <laughs> तो, हमने कर दिखाया थैंक यू एवरीवन ऐसे तेन आ, लगा तो तो तो यही था कि हमें आज रात कैंप यहीं पड़ेगा आगे सुबह हेल्प आएगी आएगी तब है चलो बढ़ते धीरे धीरे तो गाइस ऐसे गाइस बने रहिए और एडवेंचर आएंगे मिलते हैं भगवान